Oh एक मुलाकात हो तू मेरे पास हो जीने की वजह तुम बनो तुम बनो बन के तुर मुझको मिला है तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ एक मुलाकात जरूरी है जरूरी जीने के लिए हमला हाँ का जरूरी है जरूरी जिंदगी के लिए हो हो, हो, हो लम्हा खाली सा लगता है चेहरा तेरा अपना सा लगता है हो तेरे बिंद लम्हा खाली सा लगता है चेहरा तेरा अपना सा लगता है तू मिल जाए हो तू मिल जाए मिल जाए सजदे में खुदा से ढूंढता भी बिहू सजदे में खुदा से ढूँढता बिहू बन के तुर पर मुझको मिला है तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ एक मुला जरूरी है जरूरी जीने के लिए हामला का ज़रूरी है जरूरी जिंदगी के लिए है जरूरी जिंदगी के लिए